मुझ पे कौन सवारी करेगा ओ, ये मुंबई है यहाँ हर प्रकार के लड़के उपलब्ध हैं। आप खुद को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए क्या पता कोई लड़का इधर उधर ही मिल जाए तुझे